नमस्कार और आप देखें पल पल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत के पोलैंड के राजदूत प्रोफेसर एडम बरकोवस्की से मुलाकात की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भारत के पोलैंड और राजदूत प्रोफेसर एडम बरकोवस्की ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रोफेसर एडम बर्कोवस्की को फरीदाबाद में होने वाली सूरज अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला दो हजार तेईस का पार्टनर देश बनाने के लिए भी आमंत्रित किया। हरियाणा में निवेश करने की दिशा में भी रुचि व्यक्त करते हुए प्रोफेसर एडम ने सोनीपत और रोहतक में स्थापित किए जा रहे मेगा फूड पार्क को और उसमें निवेश करने के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए हरियाणा सरकार से सहयोग की भी मांग की उन्होंने कहा कि पोलैंड में पहले से ही खाद्य व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में हरियाणा सरकार के सहयोग करने के लिए विचार कर रहा है और इसी के चलते मेगा फूड पार्क में पोलैंड के निवेशकों के लिए व्यापार का एक बड़ा अवसर बनने बना सकते हैं प्रोफेसर एडम बर्कोवस्की ने हरियाणा में बागवानी और कृषि उत्पादों के निर्माण पर गहरी रुचि दिखाई इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले विभिन्न ग्लेशिप फ्लैगशिप कार्यक्रमों और पहलों में कई बार इस तरह की रुचि दिखाई है प्रोफेसर एडम वर्कोविस्की ने हरियाणा में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए अनुकूल माहौल और औद्योगिक अनुकूल नीति बना प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा भी की हरियाणा में निवेश करने के लिए गहरी दिलचस्पी भी दिखाई पलपल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट